गाइस hey well. क्या वाकई में फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर आ गई है और ये काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर आ गई है लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ महीनों पहले मैंने भी वीडियो बनाई थी फेसबुक मोनिटाइजेशन इनबुल हो गई है पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रिएटर्स को मिली है तो वही चीज है अभी भी कुछ बड़े क्रिएटर्स को ही मिली है मिलियंस के अंदर जिनके व्यूज आते हैं मिलियंस के अंदर जिनके फॉलोअर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिली है अभी तक ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की वजह से जो वीडियो के ऊपर एड चलते हैं ना वो वाले जब भी आप कोई वीडियो ओपन उप करते हो तो वहां पर एड चलते है तो वो वाले अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो एक जब नया फेसबुक क्रिएटर जब एक फेसबुक बनाएगा, बनाएगा तो क्या उसकी होगी तो को की कोशिश करते हैं तो भाई देखो ऑफिशियल अभी ऐसा समझो कि ये बीटा वर्जन में है एक बीटा टेस्टिंग के अंदर है पाकिस्तान को रखा हुआ है उन लोगों ने ये ऑफिशियल ऑफिशियली अभी सभी क्रिएटर्स को नहीं मिली वो अभी देख रहे हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर मोनिटाइजेशन लाने के लिए मैं भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान के हालात की वजह से क्योंकि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है दूसरा झूठ बहुत बोलते हैं हम लोग फ्रॉड बहुत करते हैं रिसेंटली क्या हुआ amazon आया भी क्या किया लोगों ने झूठ बोला फ्रॉड किया जिसकी मदद मतलब से facebook नहीं चाहता कि वो अपना यूजर बेस खराब करे वो एक अच्छी कंपनी है लाइकली तो सारी कंपनी तो अच्छी हैं लेकिन वो अपनी लुक खराब नहीं करना चाहती जैसे amazon के साथ किया जैसे दराज के साथ हुआ इसी वजह से facebook कहीं ना कहीं डिले है और अगर आप लोग देखो youtube भी कहीं ना कहीं सख्त है 1000 हजार सब्सक्राइबर चार घंटे वास्ट टाइम तो काफी ज्यादा सख्त क्राइटेरिया रखा हुआ है उन लोगों ने फेसबुक का क्या है की आप फेक बना लेते हो पेजेस एंड फेक वॉल्वर गेनिंग कर लेते हो क्योंकि फेसबुक और YouTube को कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है इनकी जो मोनिटाइजेशन है वो डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है आप भूल जाओ के ये दोनों सेम हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी गलत इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का उसी वजह से Facebook ने मोनिटाइजेशन डिसेबल कर रखी है अभी भी चुनिंदा क्रिएटर्स को मिली है जो बड़े हैं लेकिन जो स्माल क्रिएटर जो अच्छा कॉन्टेंट बनाते भी हैं वो अभी डिले है अब आप लोगों को हैरानी हो गई भाई ऐसा क्यों पॉलिटिक्स तो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जब कोई एक चीज आप अच्छी कमा रहे हो लाइक कोई एक अच्छी चीज़ डिसेबल हो पाकिस्तान में वैसे भी हर क्रिएटर्स को ये ऑप्शन तो मिल गया है कि वो स्टार वाले ऑप्शन से अपनी क्रिएटर प्रोफाइल ऑन करें एंड उससे पैसे कमाए आपके दोस्त आपको डोनेट कर सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं स्टार की मदद से वो एक अच्छा फीचर है वो आप हर क्रिएटर की प्रोफाइल पर आपको इनबल देखने को मिल जाएगा आप उसे इनबल कर सकते हो मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऑफिशियली अगर मैं सीरियस कहूँ तो कोई चांस नहीं है कि इनेबल हो पाकिस्तान के अंदर मोनिटाइजेशन हाँ हो सकता है 2023 के एंड तक 2024, 24 चौबीस चौबीस तक आ जाए इसका कोई पता नहीं है लेकिन फिलहाल इस टाइम जो वीडियो देख रहे हो 2023 रमजान शरीफ का महीना है इकतीस मार्च है आज चांस नहीं है की मोनिटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर इन्नेबल हो बड़े क्रिएटर्स को मिली है, छोटे क्रिएटर्स नहीं बना सकते जिन्होंने नया पेज बनाया है या जिन्होंने नई प्रोफाइल बनाई है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी एक तरीका कर है वो सभी क्रिएटर्स यूज करते हैं जिनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं या जिनका कोई रिश्तेदार बाहर है वो क्या करते हैं वहीं पर फेसबुक पेज बनवाते हैं उनका बाहर की कंट्री से और वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी मदद से वो ईजिल अपने कर सकते हैं हालांकि हमारा नेबर कंट्री इंडिया वहां पर फेसबुक मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। जब से वो न्यूज आई है एक साल पहले की वहां है।, के अंदर क्यों नहीं है ये आपको आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानियों को इंटरेस्ट नहीं है वो डिजिटलाइज होना ही नहीं चाहते वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते जो कॉम अपने आप को बदलना नहीं चाहती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती शायद यही वजह है कि हम गरीब कंट्रीज हैं जब तक हम अपने आप को बदलेंगे तब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक आवाम को समझ नहीं आएगी हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग